जय हिंद ये विज्ञान का पार्ट छः है जो लोग एक से पाँच तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर चले जाएं या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर आप क्लिक करके हमारे वीडियोज पर पहुँच सकते हैं तो ये रसायन विज्ञान का भाग एक है तो पेपर पेन लेकर बैठिए साथ में हमारे हल करिए लास्ट में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपसे कुल कितने प्रश्न सही बने तो प्रश्न नंबर एक है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त तो होता है ऑप्शन ए है गैस में द्रो बी है द्रो में गैस सी है गैस में ठोस या फिर डी है द्रो में द्रो का तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गैस में द्रो का प्रश्न नंबर दो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में बी पदार्थों की संरच, संरचना निर्धारण में सी है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमन में या फिर डी है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में तो प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है प्रश्न नंबर तीन पायस एक कोलाइड होता है ऑप्शन ए द्रो में गैस का बी है द्रो में द्रो का सी है द्रो में द्रो का सी है गैस में द्रो का या फिर डी है ठोस में गैस का तो पायस एक कोलाइड है बताना है किसका है तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्रो में द्रो का प्रश्न नंबर चार दूध है क्या है ये? एक पायस है या एक निलंबन है फेन है या फिर जेल है तो बहुत ही देखो कामन सवाल है लेकिन बहुत बार आया है प्रश्न और ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो किसी न किसी परीक्षा में आया ना हो तो प्रश्नों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा आप सने दो एक पायस है प्रश्न नंबर पाँच समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है आप सने आसमन द्वारा द्वारा सही फिल्टरन द्वारा या फिर डी प्रभाजी आसपन द्वारा तो समुद्री जल को कैसे किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है प्रश्न नंबर पांच का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आसपन विधि द्वारा प्रश्न नंबर छीप्ती नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग में होने वाली वस्तु है ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन था नियान सी पारावाइड तथा आर्गन ऑक्साइड तथा नियन तो प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तथा आर्गन प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित द्रोह में कौन सा उषमा का बहुत अच्छा चालक है ऑप्शन ए पारा बी पानी सी इथर या फिर डी बेंजीन। इसमें बताना है कि द्रोह में कौन सा उषमा का सबसे अच्छा चालक है तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन है पारा प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है आप्सन शीसा बी पारा सी निकल या फिर डी टिन सामान्य ताप पर द्रोह अवस्था में रहती है इसी धातु कौन सी है तो प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पारा प्रश्न नंबर नौ रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है ऑप्शन ए ठोस सल्फर डाइऑक्साइड बी आसुत जल से बनी बर्फ सी बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण या फिर डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है सूखी बर्फ प्रश्न नंबर दस आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है इसमें कौन सी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है तो ऑप्शन ए है अवसादन द्वारा बी फिल्ट्रेशन द्वारा सी ऊर्ध पातन द्वारा या फिर डी आसमन द्वारा आयोडीन और पोटेशियम के क्लोराइड मिश्रण से आयोडीन को कैसे लिख के जाता है तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन सी ऊर्धपातन द्वारा प्रश्न नंबर 11 शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटगरी से करते हैं यह प्रक्रिया क्या कहलाती है ऑप्शन ए स्कंदीकरण बी इमल्सीकरण सी अवशोषण या डी अधिशोषण तो जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्कंदीकरण प्रश्न नंबर 12 मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है इसका क्या कारण है ऑप्शन ए बिलाइकियन बी की सी अपोहन या फिर डी स्कंदन तो प्रश्न नंबर बारह का यदि आप लोगों ने उत्तर लगाया है आप सन डी स्कंदन तो यह बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर तेरह अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है आप सने ऊर्धपातन द्वारा बी प्रभाजी क्रिस्टन द्वारा सी प्रभाजी आसवन द्वारा या फिर डी भापी आसवन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने की कौन सी विधि है तो प्रश्न नंबर तेरह का सही उत्तर होगा ऑप्शन एर्ध पातन द्वारा प्रश्न नंबर चौदह वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है इसमें बताना है कि कौन सा मिश्रण नहीं है ऑप्शन ए वायु बी गैसोलीन सी एलपीजी डी आसुत जल तो प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आसुत जल प्रश्न नंबर 15 एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है ऑप्शन ए निस्तारण द्वारा बी वाष्पन द्वारा सी आसवन द्वारा या फिर डी उर्ध द्वारा एल्कोहल जल एल्कोहल जल मिश्रण से जल को कैसे अलग किया जा जाता है तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आसवन विधि द्वारा प्रश्न नंबर सोलह पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावशाली नहीं होता है क्यों क्योंकि आप सनिए ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता है या फिर बी जल एवं पेट्रोल में रासायनिक उपक्रिया हो जाती है या फिर सी जल एवं पेट्रोल एक दूसरे से मिश्रणीय है या फिर डी जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाते हैं अतः जलता रहता है तो प्रश्न नंबर सोलह का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर सत्रह निलंबन कण जिसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं ऑप्शन ए दस की पावर माइनस दो और दस की पावर माइनस चार सेंटीमीटर दस की पावर माइनस पांच और दस की पावर माइनस आठ सेंटीमीटर या फिर दस की पावर माइनस आठ और दस की पावर माइनस दस सेंटीमीटर या फिर दस की पावर माइनस एक और दस की पावर माइनस दो सेंटीमीटर निलंबन कड़ के बीच एक जैसा आकार रखते हैं प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दस की पावर माइनस पाँच और दस की पावर माइनस सात सेंटीमीटर प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है ऑप्शन ए रेत, बी हीरा, सी संगमरमर या फिर डी शक्कर तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हीरा हीरा एक मूल तत्व है प्रश्न नंबर 19 माइका है क्या है माइका ऑप्शन ए ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक बी ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक सी ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक ऑप्शन डी ऊष्मा तथा ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक अब इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 19 को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में हम इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे अगले वीडियो में अब आप लोगों को बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद